मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के अंतिम दिन विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए स्थापना दिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया इस दौरान विधायकों के साथ प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया कार्यक्रम 1 से 7 नवम्बर तक चला आयोजन के अंतिम दिन के कार्यक्रम की शुरुआत राजकीय गान मेरा मध्य प्रदेश के साथ हुई कार्यक्रम में सिंगरौली महापौर विधायक प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे एक सप्ताह चले आयोजन में वॉलीबॉल फुटबॉल के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए वहां मौजूद लोगों ने कार्यक्रम का जमकर लुफ्त उठाया आप देख रहे हैं दखन न्यूज